नमस्कार आप देख रहे हैं आपका हरकारा और मैं आपके साथ नवीन हूँ आपका हरकारा देश दुनिया के तमाम ऐसे लोग जो लगातार विभिन्न विषयों पर अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं हम उनके साथ देश के प्रासंगिक विषयों पर और वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है उस पर चर्चा करते हैं आज हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में मौजूद हैं हमारे साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के, के सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर राजीव कुमार सर मौजूद हैं राजीव कुमार सर के पास महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक और अन्य दायित्व है सर ओएसडी एडमिनिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रार का भी सर का दायित्व है सर आपका हर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर भारत अभी जो स्थिति है उसको लेकर के अपनी विदेश नीति को लेकर बहुत सजग है लेकिन वही अगर आप दक्षिण एशिया की स्थिति को देखें तो भारत की क्या रणनीति दिखती है सर दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ उसके संबंध और उसकी रणनीति आपको कैसा दिखाई दे रहा है नहीं भारत एक उभरता हुआ एक शक्तिशाली देश है और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमरीका और चीन दो बड़ी महाशक्तियों के रूप में उभर रहे हैं चीन एशिया का एक देश है चीन की मानसिकता भी है कि वो ये मानते हैं कि हम एशिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं हमें ये माना जाए और भारत भी स्वतंत्रता के बाद निरंतर अपने को सशक्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है हालांकि हमारी जो विदेश नीति है वो कहा जाए कि आक्रामक या दूसरे देशों पर नियंत्रण की नहीं है हम शक्ति भी चाहते हैं और किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं चाहते हैं इसीलिए हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया और बांग्लादेश को छोड़कर के हम लोग उनको ही सौंप करके चले आए यह हमारी प्राचीन परंपरा भी रही है सर आपने कहा कि भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद किया क्या पाकिस्तान को यही कुछ टीस जो है वो उसके मन में रहती है इसीलिए वो ज़्यादा हमारे साथ शत्रुता का भाव वगैरह कुछ करता है क्या नहीं ऐसा ये तो देखिए नेतृत्व की बात है ये तो पाकिस्तान की अपनी फेल्योर है ये तो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना इतना बड़ा हिस्सा अपनी गवर्नेंस की वजह से गंवा दिया ये तो उनका विषय है उनको अपनी उससे सीख लेनी चाहिए सर चाइना जब हर ओर से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है उसमें वो नेपाल के को लगभग जो है वो प्रयास कर रहा है कि नेपाल के साथ उसके संबंध मधुर हों और पाकिस्तान को अब एक उपनिवेश ही समझिए जैसा अभी तक वातावरण लग रहा है कि चाइना के उपन, एक उपनिवेश बनकर आ रहा है सर हमें बांग्लादेश के साथ संबंधों पर एक बार समीक्षा करनी चाहिए क्या देखिए बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का संघर्ष है और हम शक्ति इसलिए चाहते हैं कि जिससे कि जो अर्थ के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एनर्जी रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा नियंत्रण हो उसको हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में उसको हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ और इस समय साउथ चाइना सी या अफगानिस्तान स्वयं इंडियन ओशन आर्टिक ओशन सेंट्रल एशिया ये वो क्षेत्र हैं जो कि अर्थ रिसोर्स में मिनरल रिसोर्सिस में गैस में फॉसल फ्यूअल में बहुत रिच हैं मिडिल ईस्ट का ऑयल धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये इस समय आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और पिछले 20 सालों में अमेरिका की सहायता से ही चीन आज एक सर्वशक्तिशाली एक देश बना है और बेसिकली जो ये लड़ाई है ये दो तरफ़ा है एक तो लड़ाई है मॉडल्स की एक हमारे सामने एक मॉडल था कम्युनिज़्म का जो सेकंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उभरा और कोल्ड वार में 90 में वो फेल हो गया और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि एक ध्रुवीय विश्व है और कैपिटलिस्ट इकनॉमी मार्केट इकनॉमी का एक मॉडल अमेरिका का हमारे सामने है जहाँ फ्रीडम पर बहुत ज़्यादा जोर है उसके बाद 20 साल में अमेरिका ने चीन को खड़ा किया ये सोच करके कि बड़ा देश है पॉपुलर्स कंट्री है आगे चल के बड़ा होगा ही हम इसकी मदद करें तो ये हमारे नियंत्रण में रहेगा और आगे चल के लोकतांत्रिक भी हो सकता है तो उन्होंने 90 से ही उसको मदद की लेकिन आज चीन अमेरिका की मदद से ही आज इतनी शक्तिशाली देश हो चुका है कि वह आज अमेरिका की शक्ति को भी चुनौती दे रहा है लेकिन इस बीच अमेरिका चीन ने भी अपना एक मॉडल खड़ा किया जहाँ स्वतंत्रता सीमित है जहाँ अधिनायकवाद है लेकिन प्रगति है शांति है डिसिप्लिन है वो अपने मॉडल को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं तो एक अमेरिका का मॉडल है और एक चीन का मॉडल है उसी में भारत भी ने भी शुरू में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हमने समाजवाद और लोकतंत्र और एक तरह से पूंजीवाद तीनों को हम मिलाते हुए चले आए जब नब्बे में सभी साम्यवादी व्यवस्थाओं पर जो देश चल रहे थे उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई तो हमारी भी गड़बड़ हुई तो हमने फिर उसमें आर्थिक सुधार किए और आज हम एक अपने एक मॉडल का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भारतीय प्राचीन परंपरा के आधार पर सामाजिक कल्याण को लेते हुए और एक तरह से पूंजीवाद को भी अपनाते हुए हम एक मॉडल को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं तो विश्व में एक तरह से जो लड़ाई है वो दो तरफा है प्रति पहली तो मॉडल्स की लड़ाई है अभी अफ़गानिस्तान में जो सरकार आई तालिबानी सरकार वो कह रही है कि हम शरिया मॉडल से चलाएंगे तो एक शरिया मॉडल भी अब आ गया सर उनका शरिया क्या है वास्तविक अर्थों में वो सरिया है जिस सरिया की बात भारत में लोग करते हैं या फिर अन्य जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका भी अपन जो है वो शरिया के अनुसार वो भी चलते हैं तो ये तालिबान का सर, शरिया वही शरिया है क्या नहीं नवीन जी मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो मुख्यतः जो लड़ाई है वो शक्ति की है रिसोर्स पर कंट्रोल की है ऊपर से ये जो शरिया या धर्म का तो हम मलम चढ़ाते हैं अगर अफग़ानिस्तान शरिया पे ही चलना चाहता है या इस्लामिक अपने को खलीफा और घोषित कर रहा है तो अफ़ग़ानिस्तान Uh, को यू ने मदद की है और सारी शांति दोहा में हुई है और वो यू इस समय इसराइल से संबंध अच्छे कर रहा है सारा मिडिल ईस्ट जितने मुस्लिम देश थे इस्लामिक कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट के वेस्ट एशिया के वो समय इस, इसराइल से संबंध अच्छे कर रहे हैं तो ये तो शरिया या इस्लाम ये तो एक तरह का ऊपर से एक नाम लिया जाता है लेकिन मूल तो तालिबान शक्ति चाहते थे केंद्रित करना चाहते थे और एक उनको एक शक्ति अफ़गानिस्तान में मिल गई है और उनकी कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक नेतृत्व की कोई अभिलाषा भी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उनको पता है कि अभी हम इस लाइक नहीं हैं पहले हम अफगानिस्तान ही चला लें तो भारत को कितना खतरा है तालिबान से सीधे तौर पे भारत को कोई खतरा नहीं है भारत इतना सक्षम है कि अब वो समय गया जब उसको किसी से खतरा था अब भारत आतंकवाद से भी निबटने में बहुत ही अनुभवी है पाकिस्तान कल पाकिस्तान अगर तालिबान और पाकिस्तान मिलकर काम करते हैं तो फिर भारत को नुकसान हो पीछे से उनको चीन बैक कर ही रहा है नहीं चीन का देखिए चीन का जो इंटरेस्ट है वो उनके यहाँ जो उग्र मुसलमान हैं चीन ने तालिबानियों को समर्थन दिया है तालिबानी नेतृत्व तो चीन के यहाँ गया भी था तालिबान के आने से पहले और उन्होंने इस पर सब संदेश उनको दे दिया है कि आप हमारे यहाँ जो उघर मुस्लिम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कंट्रोल में रखिए हमारे देश में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हालांकि तालिबानों को जो अफ़ग़ानिस्तान में शासन मिला है उसमें उन्होंने उज्बेक हैं तुर्कमेनिस्तान के आतंकवादी हैं और घर मुस्लिम्स के हैं फिर तहरीके तालिबान पी, -पी पा, पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है ये सभी आईएसआईएस के है अकानी नेटवर्क है इन सारे लोगों ने मिलकर के अफ़ग़ानिस्तान उनको एक पावर के रूप में मिल गया तो वो अभी ये चाह रहे हैं कि हम इस पावर को पहले अपने को संभालें इस एक देश उनको मिल गया है तो उसमें गदगद हैं अब आगे वो कितना उसको चला पाते हैं अपनी आतंकवादी जो महत्वाकांक्षाएं उनको कितना सीमित रख पाते हैं ये उस इस पर निर्भर करेगा लेकिन वो चीन को चैलेंज कर पाएंगे या भारत को चैलेंज कर पाएंगे ये भी संभव नहीं है अफगान अमरीका के साथ भी उनका यही समझौता हुआ था दोहा में कि आप, आ, हम सारी एलाइड फोर्सेज और अमेरिका यहाँ से चला जाएगा लेकिन बदले में आपको आ, हमारे ऊपर कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए हमारे ख़िलाफ़ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ये आश्वासन तालिबानों ने भी दिया है तो वर्तमान में तालिबानी जो शासन है वो अफ़ग़ानिस्तान में ही केंद्रित है लेकिन जो उनके उनके जो संगठन हैं या उनके जो सहयोगी संगठन हैं वो उज्बेकिस्तान तुर्कमेस्तान पाकिस्तान उघर चाइना उसमें सभी जगह वो एक्टिव हैं उनके आतंकवादी संगठन हैं अब समय बताएगा कि वो कितना सीमित रहते हैं पाकिस्तान की राजनीति में कितना दखल होगा सर वैसे लोगों का पाकिस्तान तो सीधे इसमें फंसा हुआ है पाकिस्तान तो खुद ही समस्या में है क्योंकि उन्होंने तालिबानों को सीधे समर्थन दिया अभी पनशीर शैल घाटी में कहा जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर पनशीर शैली इसको घाटी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फोर्स भेजी जहाँ पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फ़ौज को नुकसान हुआ है तो पाकिस्तान चूँकि इस पूरे इस अंदरूनी आतंकवादी संगठनों में संलिप्त है तो पाकिस्तान को तो स्वयं ही खतरा है और पाकिस्तानी नेतृत्व को तो स्वयं ही वो इन सब के बीच में फंसे हुए हैं हमें तो केवल डिफेंस करनी है चाइना को तो डिफेंस करनी है अमेरिका को केवल डिफेंस करनी है वो तो स्वयं ही उसमें संलिप्त है तो पाकिस्तान की पूरी राजनीति पूरी अंदरूनी व्यवस्था इसमें बहुत खतरे में है सर भारत को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए या फिर जैसे चल रहा है अब तक वैसे चलना चाहिए कूटनीति राजनीति में देखिए कोई आ, कहते हैं ना कि कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं और इवन चीन ने भी सारी उनकी वार्ता हुई तालिबानों से और उन्होंने तालिबानों को जो एक तरह से मान्यता दी है फिलहाल वो सीमित मान्यता दी है आज की डेट में टेक्निकली देखा जाए तो तालिबानों को किसी ने मान्यता नहीं दी है और भारत ने भी ये कहा है कि हम तालिबानों सरकार की कार्यशैली को नज़दीक से देख रहे हैं और उनको समावेशी होना पड़ेगा ये बात यूनाइटेड नेशन ने भी कही है चीन ने भी कही है सभी लोगों ने तालिबानी सरकार से कहा है कि हम आपको देखेंगे आपकी कार्यशैली को देखेंगे आपको समावेशी होना पड़ेगा तो राजनीतिक कूटनीति में दरवाजे बंद नहीं होते हैं जैसा जैसा समय होगा वैसा वैसा हमारा व्यवहार होगा भारत की आंतरिक राजनीति में आ, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तालिबान का समर्थन करते हुए नज़र आते हैं सर प्रत्यक्ष तौर पे तो क्या वो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं या फिर वो किसी एक विशेष की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा हो रहा है ये सब राजनीतिक विषय हैं अपने अपने स्वार्थ में वो कुछ अंदरूनी राजनीति का कारण होता है कुछ और होता है जैसे कश्मीरी नेतृत्व ने भी तालिबानी सरकार को समर्थन दिया है इसी तो, की बात कर रहा था मैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है हो सकता है कि उनकी सहानुभूति हो और फिलहाल सबके दिमाग में एक है कि भई एक सरकार आई है एक नियंत्रित हुई है उन्होंने और समझौते से आई है ये भी नहीं है, अमेरिका ने अपने को हटाया है दुआ में शांति वार्ताएं हुई हैं तब वो लोग आए हैं तो इस सरकार को थोड़े दिन तक तो वेट एंड सी करके देखना ही होगा हालांकि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये शरिया मॉडल भी फेल होगा और ये तालिबानी सरकार ये हो ही नहीं सकता कि कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त सरकार आए और वो इस देश को चला ले और अफग़ानिस्तान मिनरल्स की दृष्टि से बहुत ही वहाँ बड़ी रिच मिनरल्स हैं कॉपर है बॉक्साइट है यूरेनियम है, है कॉपर माइंस की बड़ी बड़ी आ, खाने हैं जहाँ पर अभी भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को ठेका मिला है और वहाँ का जो एक तरह से नियंत्रण है पैसे का वो तो वेस्ट के पास ही है पश्चिमी देशों के पास ही है तो पश्चिमी देशों से अलग होकर के वह स्वतंत्र रूप से वहाँ कुछ कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है और अफगानिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है वो अभी एक्सप्लोर होनी है वो अभी ज़मीन के अंदर है उसकी टेक्नोलॉजी तालिबानों के पास नहीं है तो उन्हें दूसरे लोगों से मदद लेनी ही होगी चीन से लेनी होगी चाहे अमरीका से लेनी होगी और उसी का फ़ायदा उठाने की चीन प्रयास भी कर रहा है भारत का भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ है हमने वहाँ की यूनिवर्सिटी बनाई है मेडिकल कॉलेज बनाए हैं रोड बनाई है तो हमारा भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ है अभी भी हमारे प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं जो अभी रुके हुए हैं तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था अर्थतंत्र मिनरल रिसोर्सेज़ वहाँ पर हैं इसलिए अफगानिस्तान का के इंटरेस्ट में सभी देशों का इंटरेस्ट भी है और तालिबान उसको कैसे अपने को एक रख पाता है लेकिन मेरा ये मानना है कि तालिबानी सरकार धीरे धीरे समय के साथ नहीं चला पाएगी अफगानिस्तान को इनके अंदर बहुत सारे अंदर बहुत सारे गुट हैं उनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं आज सब एक हो गए हैं सत्ता के नाम पर लेकिन जब सत्ता चलेगी तो उनमें जो अंदरूनी झगड़े हैं वो ऊपर आएंगे और अमेरिका का ये जो विड्रॉल है ये भी मैं मानता हूँ मैं अमेरिकन फॉरन पॉलिसी को बहुत कई सालों से पढ़ रहा हूँ तो अमेरिकन जो विड्रॉल है ये भी एक ट्रैक्टिकल है क्योंकि अमेरिका का नाइन एलेवन के बाद जब उन्होंने उसामा बिन लादिन को आ, मार दिया था तो उनका काम वहाँ ख़त्म हो गया था उन्होंने एक मैसेज दे दिया था कि भई हमें अगर आप छेड़ेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम अफग़ानिस्तान से विड्रॉ करेंगे दस साल से जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति आए सभी ने कहा हम यहाँ से जाएंगे तो उनका वहाँ से वहाँ की फ़िजिकल प्रेजेंस से उनका कोई मतलब नहीं था वो वहाँ अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स को वो बाहर बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हैं उनके पास पैसा है टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स हैं टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे अटैक भी कर सकते हैं जब चाहे वो तो अमेरिका को तो वहाँ से विड्रॉल करना ही था तो अब तो ये जो तालिबानी गवर्मेंट है ये एक तरह से उन्होंने वहाँ उसको बैठा के विड्रॉल करके सारा सारा जो हकानी नेटवर्क आई एस जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उसकी लीडरशिप आज खुलेआम सामने है जो छुपी हुई थी सारी लीडरशिप आज पूरे वर्ल्ड की जो टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन की लीडरशिप है वो सबके सामने है और वो उनको आपने एक तरह से सबके सामने ले आए और उनको एक आपने एक मौका दे दिया कि पावर चटा दी अब वो नेचुरली उनमें आपस में गठजोड़ नहीं चल पाएगा उनमें आपस में इंटरनल होंगे इंटरनल स्ट्रगल्स होंगी और फिर इस ऑर्गनाइजेशन को ख़त्म करना अमेरिका वगैरह के लिए बहुत आसान होगा सर हम बातचीत के आखिरी दौर में हैं एक बड़ा गंभीर सवाल मैं पाकिस्तान को लेकर पूछ रहा हूँ पाकिस्तान में बलोचिस्तान के लिए लगातार संघर्ष हो रहा है बलूच लड़ रहे हैं उसके बाद सिंधु देश की मांग होती है सिंध लोग आ, कर रहे हैं उसके बाद पस्तून अपने अपने इलाके के लिए पख्तनख्वा के साथ वो पस्तूनिस्तान चाहते हैं तो क्या ये जो तालिबान का शासन आया है अफ़गानिस्तान में ये अगर पाकिस्तान की ओर बढ़ता है या पाकिस्तान में इनका दखल बढ़ता है तो क्या ये जो इनके पाकिस्तान के अलग अलग विभाजन के स्वरूप भी भविष्य में हमको देखने को मिलेंगे क्या आपका आकलन सर नहीं देखिए तालिबान अफगानिस्तान का समाज भी मुख्यतया एक तरह से ये आदिवासी समाज है ये पक्षतून जो ट्राइब है वही बेसिकली तालिबानों में सबसे ज़्यादा प्रभावी है और पंज, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो उसमें पंजाब हावी रहा है बिल्कुल तो बलूच उसमें इंक्लूसिव नहीं हो पाए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अभी भी इंक्लूसिव नहीं हो पाई पखतून अपने को अलग समझते हैं और उनकी पखतून की और बलूच की पाकिस्तानी बलूच और पक, पाकिस्तानी पखतूनों की जो सिम्पैथी है वो अभी भी अफगानिस्तान के साथ है और भारत के साथ है और भारत अफगानिस्तान के समाज में भी अगर आप देखें तो भारत के प्रति उनकी सहानुभूति या उनका सद्भाव ज़्यादा है बजाय दूसरे अन्य क्षेत्रों के हमारे यहाँ वहाँ पर शासन भी रहा है बहुत दिनों तक रणजीत सिंह जी का शासन रहा है भारतीय लोग वहाँ पर शास रहे भी हैं बहुत दिनों से तो अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत प्राचीन रिश्ता है और तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे ये डिपेंड करता है कि अगर वो इंक्लूसिव उन्होंने नहीं किया अपनी शासन व्यवस्था को जैसा कि अभी तक है तो पाकिस्तान आगे चल के अपने को कैसे संभाल पाएगा पाकिस्तान का अस्तित्व आप कितने साल तक देखते हैं या फिर सर कहीं बलूचिस्तान देखते हैं कहीं पख्तूनिस्तान देखते हैं कहीं सिंधु देश देखते हैं और बचा हुआ पंजाब कहीं पाकिस्तान देखते हैं ये कहीं कहीं दिखाई दे रहा है सर आगे ये तो पाकिस्तान की नेतृत्व पर निर्भर है और भारत की नीति तो कभी नहीं रही है कि हम किसी दूसरे देश को विखंडित कर दें या उसको उस पर कब्जा कर लें लेकिन अगर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स उसको सारे अपने देश को एक नहीं रख पाती है और पाकिस्तान के आगे चल के दो टुकड़े चार टुकड़े होते हैं तो वो सब अपना स्वायत्त होंगे स्वतंत्र होंगे क्योंकि इसमें संघर्ष बड़े जोरों से चल रहा है भारत उसको मदद करेगा भारत तो हमेशा से जो एक तरह से लोकतांत्रिक जो संघर्ष लोग करते हैं उसका समर्थन करता है तो ये तो पाकिस्तान के नेतृत्व है लेकिन पाकिस्तान का कोई बहुत अच्छा वर्तमान भविष्य दिखाई नहीं देता वहाँ की राजनीति करप्शन uh, में है फौज वहाँ के नियंत्रण में है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है नहीं अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है नहीं और जो उनकी विदेश नीति भी है वो कंफ्यूज्ड uh, है और वो जो उनकी वरिताएं हैं वो भी ठीक uh, नहीं है तो इस दृष्टि से पाकिस्तान का भविष्य थोड़ा सा uh, अंधकार में तो है ही है सर नेपाल बगल में है हम जहां चर्चा कर रहे हैं आप पचास किलोमीटर की ओर घर चलते हैं तो नेपाल शुरू हो जाता है नेपाल को लेके जो भारत का संबंध है और बीच में वो जो वहां की वामपंथी सरकार आई राजशाही समाप्त हुआ कि कब तक भारत के साथ उनके संबंध अच्छे रहे सर और आगे क्या संभावनाएं हैं और चीन का उन, उन पर आधिपत्य जिस तरह से लग रहा है उस पर आप क्या सोच रहे हैं देखिए मैं जी इस बार इस ये एक थ्योरी मानता हूँ जैसे मैं ये मानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति संघर्ष का एक स्वरूप है तो उसी तरह से मैं व्यक्तिगत रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के नाते ये मानता हूं कि कुछ देश नेचुरल फ्रेंड्स होते हैं नेपाल और हमारा रोटी बेटी का संबंध है नेपाल और भारत एक नेचुरल प्राकृतिक मित्र हैं प्राकृतिक राष्ट्र हैं रहेंगे राजनीति उनको कभी कोई स्वरूप दे दे कोई स्वरूप दे दे वो अलग बात है इसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे संप्रदाय हैं जातियाँ हैं वो सब एक ही स्थान से आए कोई कहीं बाहर से नहीं आया भारत में ही बहुत प्राचीन सभ्यता है 8000 साल से पुरानी सभ्यता है अनेक आक्रमण हुए अनेक जातियां आईं अनेक उतार चढ़ाव आए तो जो भी आज दूसरे संप्रदाय में हैं या धर्म में हैं या रीति रिवाज जैसे ऐसे बदलते गए वो सब यहीं का ही परिवर्तन है तो हमारे सबका डी एक ही है नेपाल का हमारा सबका डी एक है हम सब एक ही हैं नेचुरल फ्रेंड्स हैं तो नेचुरल फ्रेंड्स को आप बहुत दिनों तक अलग नहीं कर सकते हैं बीच में एक बार चला था जब खालिस्तान आंदोलन चला तो लोगों ने एक प्रचार किया कि सिखिज़म और इस्लाम बहुत नज़दीक है सिखिज़म और हिंदू एक नहीं है ये दो धर्म अलग हैं तो नहीं चला और इसी प्रकार भारत के मुसलमान भी वहीं बाहर से नहीं आए हैं वो भी हमारे पूर्वजों से उन कन्वर्जन उनका हुआ है तो इसीलिए भारतीय मुसलमानों का जो सोच है या उनकी जो परंपराएं हैं उनकी जो उनकी जो कल्चर है वो भारतीय है कोई विदेशों से थोड़ी है उसको आप देख सकते हैं उसे नज़र से थोड़ी देख सकते हैं तो हमारे यहाँ तो बड़ा आपस में एक ऐसा रिश्ता है तो नेपाल के साथ भी हमारा एक रिश्ता है वो रहेगा वो अलग नहीं हो सकता आप प्रोफेसर राजीव कुमार सर थे आप देख रहे थे आपका हर बहुत बहुत धन्यवाद